एक, सुनो, दुनिया उनका सिर्फ मजाक उड़ा दी है जो हमेशा आंसू बहाते रहते हैं और उनके आगे झुकती है जो कुछ करके दिखाते हैं किसी को भी खुद को नीचा दिखा के कमजोर करने मत देना कभी नहीं अगर तुम्हें कुछ पाना है उसके लिए जिद पालनी होती